नमस्कार मित्र चौथा राउंड चालू हो आप लगेली लग है वट मे ये गेलो गेलो शॉर्ट गन्न मारल रे चायला पुन डैमेज देना अपने मित्र मतलब पार्टनर ने पूर्ण मतलब नॉक करू टाकले आता बगता अपने रिवाइव अरे जो पाएला का मगोन बंदा मारीत है अरे वाचो बाबा वचो एवड्या बार वो तुला चॉकलेट नहीं सान गोड़ा नक्की खाऊ घा चला अपन रिवाइव वाइलो तो ये और अपन ने रिवाइव मतलब कर दिया है उस बंदे ने आराम से हो जाएंगे और हेल्थ मतलब करना जरूरी है नहीं तो वांदे हो जाएंगे बाइलू और बंदे अभी भी तीन बचे जिसमें से एक को तो आप उनको मारना पड़ेगा और मार दिया तो लाइक शेयर आप मत जाइएगा मतलब पर और दो बंदे जो कहाँ पर है हर ही खूपड़ी लगी मतलब पूरा का पूरा नाश कर दिया है भाई लोग तो आप करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब हिंदी मराठी मिक्स हो रही पर कोई बात नहीं वन थ्री का वन थ्री का